दर्शकों नमस्कार मैं पांडे आगे बढ़े उससे पहले आज का पंचांग क्या कहता है इस पर भी प्रकाश डाल लेते हैं हमारा प्रस्तुत राशि फल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है वह प्रस्तुत पंचांग लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके मनाया गया है दर्शकों दिनांक 20 व इक्कीस अप्रैल को इंदौर में हमारा आगमन होगा तो जो भी दर्शक हमको अपनी या या तो कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं चलिए पंचांग दृष्टि डाल लेते हैं विक्रम संपद दो हजार पचहत्तर सख संपत्त उन्नीस सौ चालीस और इस समय जो अयन चल रहा है तरायण चल रहा है विरोध कृत नाम का संवत्तु है चैत मास है कृष्ण पक्ष है और आज जो तिथि देखिए रहेगी दर्शकों सुबह तीन बजकर तेईस मिनट तक तो दशमी तिथि रहेगी इसके उपरांत एकादशी तिथि लग जाएगी हमने आपको पूर्व में भी बताया था कि जो दशमी तिथि होती है इसी प्रकार जो एकादशी तिथि होती है तो एकादशी तिथि वाले दिन चावल का सेवन बिल्कुल भी, भी वर्जित बताया गया है और दाल कोशिश कीजिए चावल का सेवन और दाल का सेवन कम कर दीजिए वैसे तो जो है मसूर की दाल का सेवन भी बच के ही आप लोगों को करना रहेगा नक्षत्र की ओर प्रकाश डाल लेते हैं तो नक्षत्र आज रहेगा श्रवण इसके उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा योग अब योग की बात क्यों आती है देखिए जब पंचांग आता है तो पंचांग पांच अंगों से मिलकर के बना होता है तिथि बार नक्षत्र योग कर ली पंचांग के पांच अंग हैं तो योग रहेगा सिद्ध करण आ जो चंद्रमा का गोचर रहेगा आज चंद्रमा का गोचर मकर राशि में रहेगा सूर्योदय सूर्यास्त की बात करें तो छह बजकर तेरह मिनट पर प्रातःकाल सूर्योदय होंगे और सूर्यास्त की यदि हम बात करें तो शाम छह बजकर सत्रह मिनट पर सूर्यास्त होंगे राहु काल की बात कर लेते शुभ अशुभ जानने के लिए तो अशुभ समय होता है कि राहु काल का तो शाम राहुल सोलह से लेकर बारह चौवन तक तो की जो है आप शुभ कार्यो को कर सकते हैं देखिए दर्शकों एक चीज पर हमने आपको पूज में भी बताया था कि दसवीं तिथि को परवल नहीं खाना चाहिए एकादशी तिथि को चावल एवं दाल नहीं खाना चाहिए और द्वादशी तिथि आ जाएगी तो कोशिश कीजिएगा जो मसूर की दाल होती है इसका प्रयोग बिल्कुल तो तो पश्चिम डायरेक्शन की ओर आपको यात्रा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए यदि यात्रा करनी पड़ जाए तब आप क्या करेंगे तो आप लोगों को देखिए गुड़ खा करके जो है तब निकलना चाहिए यात्राओं पर और जो विपरीत दिशा है, जैसे मान लीजिए कि आपको पश्चिम डायरेक्शन की ओर यात्रा करनी है तो आप पहले पूरब में आप पांच कदम चलिए फिर पश्चिम की ओर चलिए और गुड़ के साथ साथ पान और घी भी खा सकते हैं तब आपकी यात्रा शुभ होगी दर्शकों राशिफल पर चलते हैं कि हमारा जो है राशिफल आज का क्या कहता है दर्शकों 31 मार्च का राशिफल क्या कहता है इस पर हम प्रकाश डाल देते है। चलते हैं मेन राशि की तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है और आज आलस्य आपकी कुछ बिगड़ती कुछ कार्य आपके विलम्ब होते हुए नजर आ रहे हैं आज दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने आप बाहर जा सकते हैं व्यवसायिक क्षेत्र पर सहकर्मी आज, आज आपकी मनमानी करेंगे क्रोध में आकर कटुवचन आज आप बोल सकते हैं जिस कारण संबंध खराब होते हुए साथ साथ ही किसी प्रकार की अव्यवस्था फैलेगी, जिसे आज आज सुधारना आपके में में नहीं नहीं होगा। के बात-विवाद होता हुआ दिख रहा है, परिवार सुख-शांति का माहौल रहेगा। धन लाभ के लिए आज का दिन मध्यम रहेगा शाम के समय की स्थिति आज, आज आपके नियंत्रण में रहेगी धन लाभ के साथ शाम को परिवारजनों के साथ थोड़ा सा मीठा अपनी वाड़ी में सौम्यता रहिएगा संयम रहिएगा उपाय क्या करना है आज के दिन आपको आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आप आदित्य हृदय का पाठ करिए और कोशिश करिए मत करे। की बात करें तो आज आपके लिए अंक दो आपके लिए शुभ अंक रहेगा वही वृक्ष राशि की ओर चलते हैं कैसा रहेगा आज का दिन वृक्ष राशि के जातकों के लिए तो आज का दिन आपकी अपेक्षाओं के विपरीत रहेगा परिवार में किसी की सेहत खराब होने से यात्रा पर्यटन की जो बनी योजनाएं आपकी है फिर चाहे वो रेलवे टिकट हो चाहे फ्लाइट का आपके टिकट हो या आपने यानी पड़ेगी व्यवसाय में भी छोटी छोटी बातों को लेकर के आज आप बहुत ज्यादा उधरे होंगे संतान से भी बहुत ज्यादा आज आपका संबंध अच्छा नहीं रहेगा परिजनों की जिद ना चाहते हुए भी आज आप करते हुए नजर आएंगे खर्च अधिक एवं आय कम रहने से आर्थिक परेशानी बढ़ेगी शाम का समय जो रहेगा बीमार बीमार जो व्यक्ति रहेंगे उनके लिए आज परेशानी भरा दिन रहने वाला है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा राशि के जातकों को तो आपको भी आज नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है और सूर्य देव को आज दूध से आपको अर्घ देना रहेगा आपके लिए यदि हम तो व्हाइट कलर आपके लिए शुभ कलर रहेगा तो आपका रहेगा मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन तो आज का दिन आपको आलस्य से भरे रहेंगे आज जिस भी कार्य को करेंगे उसमें आप पूरी तमयता से लग जाएंगे हालांकि आज आलस्य आपका हावी रहेगा व्यवसाय में आज ज्यादा उत्साह आपको नहीं रहेगा आज रहे रहे आज आज आपको आपको कोई कोई चीटिंग करता आपके साथ नजर आएगा और धन लाभ लाभ उत्तम होगा नए के मिलेंगे लेकिन से की आवश्यकता है भी कार्य नया आरंभ मत करिएगा जो पुराने कार्य चले आ रहे हैं उसी को निपटाइएगा घरेलू आवश्यकता के अलावा सुख के साधनों पर अधिक खर्च होगा पारिवारिक खुशियों के दृष्टिकोण से व्यर्थ जो है नहीं रहेगा आज आपको कोई मतलब चीट करता हमने स्टार्टिंग में बोला ना कि आज आपके अपने आप को चीट करेंगे तो प्लीज आप लोग इनसे अलर्ट रहिएगा से लाभ होता हुआ दिख रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज तुलसी पत्र जो तुलसी माता है इनका आज आपको सेवन करना रहेगा तुलसी पत्र का सेवन करिए और जल का अधिक से अधिक आप के आपके लिए अच्छा उससे पहले बताना चाहेंगे दर्शक मध्य प्रदेश से कम हाँ तो है इंदौर उज्जैन में उनसे मिल सकते हैं मई माह में जो है गुजरात का हमारा प्रोग्राम है अहमदाबाद में हम आप लोगों को मिलेंगे कर्क राशि की तो उनके लिए दिन अच्छा रहने वाला है उम्मीद से बेहतर आज का उनका पेपर होगा जो बच्चे उच्च शिक्षा के लिए यदि अप्लाई कर रहे हैं फॉरन के लिए तो उनके लिए भी देखिए दर्शकों समय बहुत अच्छा है कर के करना क्या रहेगा तो आज आप सूर्यदेव को अंग दीजिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का तीन बार पाठ करिए इसके साथ आज आपका शुभ कलर जो रहेगा ऑरेंज कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक छुभ अंक रहेगा चलिए हैं लियो तो, आज आज आज आज आज तो ठीक रहेगा परिजनों के साथ मांगलिक कार्यो में आज उपस्थिति आपकी होती हुई दिख रही है जो आपके धन अटके हुए हैं ये आपको मिलते हुए दिख रहे हैं शांत तक की धन लाभ होता हुआ दिख रहा है नौकरी पेशा से से संबंधित जो पर्यटन के लिए घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं आज आज थोड़ी बहुत थकान रहेगी सेहत आपका रहेगा आपके उन्नति रिलेटेड कोई आपको गुड न्यूज मिलेगी हो सकता है आपके परिवार में किसी का कहीं सिलेक्शन हो गया हो या कोई जॉब लगी हो या उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिली हो तो इससे रिलेटेड आपको शुभ समाचार मिलेगा होंगे उपाय के तौर पर चलना क्या रहेगा आज आप लोग विष्णु साइन नाम का पाठ करिए और यदि हो सके तो बरगद के वृक्ष में आज आपको दूध चढ़ाना रहेगा शुभ कलर की बात करें तो रेड कलर आपका शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक एक आज आपका शुभ अंक रहेगा चलिए कन्या राशि तो, की ओर पर्यटक स्थल पर आप घूमने फिरने जा सकते हैं जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी अनावश्यक खर्च अधिक होने से धन संबंधित समस्या खड़ी हो सकती है शाम का समय सन से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा प्रेम प्रसंगों के कारण कुछ प्रेमी रहेगा क्या रहेगा तो आज यदि तो और आज आप लोग आदित्योत तो का पाठ करें जी हाँ देखे रविवार दिन रहेगा और भगवान सूर्यदेव को यदि आपने साथ दिया क्यूँकि बुद्ध के मित्र भी हैं तो आपके लिए बहुत कुछ नए मौके लेकर के आया है पढ़ते हैं जो, तो जो, जो तो उम्मीद नहीं होगी उस समय आज आपको अकस्मात धन लाभ होता हुआ दिख रहा है घर के बड़े लोगों से बड़े बुजुर्गो से आज आपके जीवन में कोई नई मार्गदर्शन मिलता हुआ नजर आएगा पैतृक संपत्ति अथवा रिश्तेदारों से भी लाभ होने की प्रबल सितारे दिखा रहे हैं। तुला के आज किसी बड़ी पर सितारे कार्य करते हैं तो ठीक है अन्य अगर ज्यादा कार्य लेते हैं तो मन आज, आज आपका भ्रमित होगा जिससे आपके कार्यो की गति प्रभावित होगी परिजनों का सुख सहयोग तब मिलेगा आज जो स्टूडेंट्स वर्ग है उनके लिए दिन अच्छा रहने वाला उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग पीपल के वृक्ष पर जल में थोड़ा सा दूध डाल दीजिएगा और शहद डाल दीजिएगा और तब अर्पण कर दीजिएगा शुभ कलर की बात करें तो आपके लिए आज व्हाइट कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक रहेगा सात हमारी अगली राशि आती तो है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि कैसा रहेगा रविवार का यह आपका है हालांकि छुट्टी का दिन है लेकिन फिर भी क्लोजिंग है तो आज आप ना चाहते हुए लेते हुए नजर आएंगे व्यवसाय व्यवसायिक कामकाज को लेकर आज अन्य लोगों के ऊपर ज्यादा निर्भर रहना आज आपके जो है, है, है, है।, तो है रिलेटेड और खास करके माइग्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती हुई नजर आएगी साथ ही लोगों को किसी बात का जो है लेकर के आज, आज आप लोग व्यर्थ में ही गुलजते हुए नजर आएंगे बाद में बात करते हुए दिन को शुभ आज आज आज आज आप तो आपके लिए आज ना, नारंगी कलर ऑरेंज कलर जानते होंगे भगवा कलर ये आपके लिए शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक आठ आपका शुभ अंक रहेगा हमारी जो अगली कैसा विदेशों से जो व्यापार कर रहे हैं उसमें हानि देखने को मिलेगी व्यापार में आपके अतिरिक्त आय आज प्रलोभन के चक्कर में आप सोचेंगे की हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे और हमको कुछ एक्स्ट्रा लाभ होगा तो आज अगर आप प्रलोभन में फंसे पूंजी आप लगाएंगे तो उसको भी गवाह हुई दिख रही है की जिद के आगे धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा धार्मिक रहेंगे पूजा पाठ में आज आपका मन बहुत लगेगा परिजनों से थोड़ी सी खटपट के बाद सुख मिलेगा दवाओं पर अत्यधिक बल होता हुआ दिख रहा है उपाय करना क्या रहेगा में थोड़ा शहद आपको मिलाना रहेगा ये प्रयोग करिएगा शुभ कलर की आपकी बात करें तो स्काई ब्लू कलर आज सकते हैं शुभ रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक छ आपका शुभ अंक रहेगा येलो कलर भी आज आपका देखिए लकी है मकर राशि की ओर बढ़ते कैसा रहेगा कैप्टिकॉन के लिए, तो लिए प्रतिकूल रहेगा भले ही चंद्रमा आपकी राशि में घर परिवार में बचते बचते किसी भी कले का वातावरण मानसिक अशांति मिलती हुई नजर आएगी आज व्यवसाय में भी परिश्रम अधिक करना पड़ेगा और आज आशा से कम आपको फल मिलेगा नौकरी पैसा जातकों को अतिरिक्त काम मिलने से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम आज रद्द करने उच्च अधिकारियों से बातवास दिख रहा है घर के बुजुर्गों को से कोई महत्वपूर्ण फैसला अगर आप और आप जिससे आपकी ख्याति बढ़े आज परिवार में हर्ष उल्लास का वातावरण रहेगा किसी मांगलिक उत्सव में आज आप लोग शामिल होते हुए दिख रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा कुंभ राशि के जातकों को तो कुंभ राशि के जातु हनुमान का पाठ करिए और हो सके तो मानसिक रूप से लक्ष्मी माता का इसका जितना ज्यादा जब करते ठीक है शुभ कलर भी आपके बात करें तो आज व्हाइट कलर आपके लिए शुभ रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक चार शुभ अंक तो रहेगा कुंभ राशि की ओर बर्थ है आज का दिन क्या हैं आप तो आज सामाजिक कार्यों में, में, में, में का प्रभावशाली लोगो के साथ आज आपका संपर्क होगा और उस सम्पर्क के कारण आज आप बहुत ज्यादा लाभ कमाते हुए दिख रहे हैं आय के साथ साथ आज बढ़ता हुआ दिख रहा है आज के मामलों में तालमेल बैठाने में परेशानी होगी मन में जो है आज सुख मिलने से बहुत ज्यादा नहीं में आपके घरेलू सुखम पत्नी के साथ आज आप लघु दूरी की यात्राओं पर भी जा सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज शिवलिंग पर आपको हल्दी चढ़ाना रहेगा और जल से अभिषेक करना रहेगा शुभ कलर की आपके बात करें तो जो है नीला रंग आपके लिए देखिए शुभ रहेगा उसे ब्लू कलर आपके लिए शुभ रहेगा शुभ अंकों की बात करें तो अंक छह आपका शुभ अंक रहेगा अंतिम राशि पर आते हैं लेकिन बताना चाहेंगे कि दस इक्कीस तारीख को, को इंदौर में न खुद और आप लोग मई में में गुजरात मिल सकते हैं मीन तो राशि के सम्मान बढ़ेगा परंतु आज आप किसी के मन के विपरीत कार्य करने पर अपमानित हो सकते हैं धर्म कर्म के प्रति आज निष्ठा काफी कम रहेगी व्यवसायियों को नए अनुबंध मिलने की संभावना है आज संतान बच्चों को लेकर भी थोड़ी आपके मन में से, से निराशा होती और आज संतान पक्ष से आपको बता रहेगा हो सकता है आपके संतान का स्वास्थ्य गड़बड़ हो तो कुछ आपका बजट संतुलित होता हुआ दिख रहा है करना क्या रहेगा देखिए आज हो सके तो सबसे पहले तो दुर्गा जी के 32 नामों का आप लोग कम कम लो को करके आप तो शुभ कलर के और आ जाते हैं आपके लिए रेड कलर आज आपके लिए अंग, की बात करें। तो अंग एक आपका शुभ अंग रहेगा कैसा लगा हमारे राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइएगा और इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं बताइएगा दर्शकों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए बारह में बना बेलाइटन जरूर करवाइए और ना बीस अप्रैल को इंदौर में मिलना ना मिले और मई में गुजरात का हमारा प्रोग्राम हो तो आप लोग तो अभी तो से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं दीजिए इजाजत तो आपने इतना समय दिया इस वीडियो को शेयर किया इसके लिए आपका आभार नमस्कार